के बाबू आए तो बाटे बहोत आपजे बाबू सप्नियरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रावत कंस मुहब से टू के, के बाबू जू गए बाबू बोझ गए बाबू तिलवा की घंटी कजू गए बाबू I'm the queen.